हाथ में लेके रगोला हाथ धमले के नरिय रगोला पेरा जो हिले गोसैया के अरे आई बाबा आई बाबा बा और घर सम्हारी पूजा करनी छठी मैया के आई बाबा और संहारी पूजा करनी छठी मैया हाथ तो में लियर गोला हाथ तो में लेके तेरा जो ही नरियर गोलाइया के हरे आई बाबा अर्ख समारी कठिन मैया आई बाबा अर्ख सं कठिन मैया साख बनाई के पूजा कनी छठी माई के दौरत साखी बनाई के पूजा कनी छठी माई के काट बात के डलिया मंगवी फल फूल से घर के सजमनी का बात के दलिया मंगमी फल फूल से घर के सजमनी दूध लैनी धेनु गईया के आरे गई आ रूध लेनी धेनु गईया के अरे आई दादा पूजा परक्समारी और पात मंगाई के सजाई के और पात मंगाई के सजाई के आज हलदी साठी रखनी आज हलदी साठी रखनी जल तो मनी अरे आइए दादा अरघ संारी आइए दादा अरग सम्हारी पूजा नदी घाट तो पे आई के पूजा कई छठी माई के नदी घाट तो पे आई के पूजा कई छठी माई के चार दिन के जब तक चार दिन के जप त पकैनी देवा कहने छठी मैया के अरे आइए बाबा अरे कमारी पूजा कही आइए बाबा अर कम्हारी पूजा कहने छठी मैया के आइए बाबा अरे कम्हारी पूजा कहने छठी मै बाजा कठी मैया बोलाई बे माई शोभा ना जाई छठी माई के अंगना बोलाई बे माई शोभा ना जाई गाय को गोबरा ंगना लिपाई गाय के गोबर रसंगने लिपाई गजमती चौका तो पुराई बे माई सोभावरणी मजाई गजमती चौका तो पुराई बे माई सोभवरण ऊपर चौका पुराइब लगाई चौकासन लगाई छठी माई के ताही पर बिठाई माई शोभा छठी माई के ताही पर ये माई शोभा तो बरनी ना जा कु के घर से कला सा मंगाई कु के घर से कला सा मंगाई कही समूह जराइबे माई शोभा नज छठी माई के अंगना बोला भी माई शोभा न जाई छठी माई दे अंगना बोलाई है माई शोभा न जाई पंडित गनेस से ढोलक बजाई पंडित गनेश से ढोलक बाजाई अशोक से मंगल गवा रे माई शोभाव तो रानी न जाए अशोक से मंगल गवा रे माई तो रानी न छठी माई के आंगना बुलाई दे माई शोभा तो न जाई जय छठी मैया